हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेटिव रिग्लॉग्स तो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें ताकि कॉमेंट करके मुझे आप लोग ये बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप मेरे वीडियो पर इस मेरे चैनल पर कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं आप

प्लीज़ वीडियो को शुरू करने से पहले ये चीज़ें ज़रूर करें तो बिना किसी देरी से वीडियो स्टार्ट करते हैं

situation here i'm going to need some bath

like a team

I'm not afraid of anything.

all me god i'm recalling a teammate thanks thank you bro

I'm really sorry